हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है हमें एक वीडियो में हम आज बनाएंगे फ्री अंदर न्यू बाईड होने से आपको क्या क्या दिक्कत आने वाले हैं उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करो अभी तक लाइक नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमें इस वीडियो को शुरू कर हैं एक इंटोर के सबसे पहला ईजोल है क्योंकि कलेक्शन बताएंगे क्योंकि आपके पास अच्छा अच्छा गान नहीं है उनके साथ साथ सा बंदल नहीं है बान्डल नहीं होने से आपको आपको कोई भी बोलना स्क्वाड में नहीं लेगा क्योंकि आपको बोल रहे हैं क्योंकि आप नोब हैं ऐसा ही आपको कुछ बोलेगा ऐसा ही आपको कोई भी आपको नहीं लेगा आपके पास आपको इवो गान नहीं है ऐसा ही आपको कुछ बताएगा क्योंकि आपको क्योंकि बेहतरीन बांडल भी नहीं है ऐसा ही कुछ आपको दिखाई देगा हम आपको बताएंगे क्योंकि आपको कैसा है नूप से पो प्लेयर बनने के लिए बनने के लिए क्या क्या करना होगा हम बताएंगे आप लोग क्या करो वीडियो को लाइक करो वीडियो को लाइक नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा टिक्स हम बताएंगे क्योंकि आप नूप से पो बन जाएगी आपको कोई टीमेट आपको ले लेगा हम ऐसा ही आपको टिक्स बताएंगे हम दूसरा एजॉन के बारे में बताएंगे आपको क्यों दो क्यों आपको न बोल रहे हैं ऐसा ही आपको कुछ बोल रहे हैं हम दूसरा एजॉन है हम देखाएंगे क्योंकि ये भी एक अच्छा ही एजोन होगा आपको आपके पास हो सकता है ऐसा भी कुछ चल रहा हो लेवल है दूसरा क्योंकि आपके पास अच्छा सा लेवल होना चाहिए क्योंकि 60 प्लस होना चाहिए तो उसके बाद तो आप 20 ऐसा ही कोच हो गया तो आपको नोव ही बुलाएगा क्योंकि उनके लेवल ही नहीं है ऐसा ही आपको कोच डाउट देगा क्योंकि आप टीमेट में नहीं खेल पाओगे क्योंकि आप नोब ही ऐसा ही आपको कोच बनाएगा क्योंकि लेवल नहीं है हम बताएँगे आपको दो तीन के अंदर आपको कैसे लेवल बढ़ाना है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक हम इस चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड कर देंगे कैसे ही आपको लेवल बढ़ा सकते हो आपको लेवल बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होगा हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ टॉपिक के बारे में बताएंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम बताएंगे हम तीसरा टॉपिक के बारे में बताएंगे क्योंकि तीसरा एजॉन क्या है हम बताएँगे हम तीसरा एजॉन के बारे में बताएँगे क्योंकि आपको पास अच्छा अच्छा गेम के अंदर लाइक होना चाहिए लाइक होने से आपको आप कोई भी टीम में टीम के साथ घुस जाओ आपको बुलाएगा क्योंकि आपके पास लायक ही नहीं है आप कैसे खेलोगे हमारे साथ आप खेल नहीं सकते ऐसा ही आपको कुछ इश्यू देखाएगा उसके बाद आपको की कटमय देगा ऐसा ही आपको कुछ करेगा इसीलिए आपको आपको लाइक भी बहाना है आपको हमें बताएंगे आपको लाइक भी कैसा बढ़ाना है ऐसा ही सारे के सारे टिक्स बताएँगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस सारे के सारे टेक्स सॉल्व हो जाएगा आप नुप से कैसे बन जाएगा नेक्स्ट वीडियो का अंदर यही भी देखा देंगे नेक्स्ट इशू है क्योंकि फोर्थ है ये आपको इशू हम बताएंगे फोर्थ इशू है कीक आउट आप कीकआउट क्या है क्योंकि आपको कोई भी टीम मेट के साथ आप नहीं खेल सकते हो क्योंकि आपके पास अच्छा सा अच्छा बांडो नहीं है अच्छा अच्छा गान नहीं है आप आपका लाइक नहीं है लेवल नहीं है ऐसा ही है इसीलिए आपको कोई भी बंदा आपको लेके नहीं खेल सकता इसीलिए आपको आप फ्रेंड के साथ भी नहीं खेल सकते हो क्योंकि उनके भी किकआउट मारेगा क्योंकि आपके पास लाइक ही नहीं है उनके साथ साथ आपको कैसा खेलेगा ये भी उनका पता नहीं चलेगा इसीलिए आपको कीकआउट दिएगा आपके साथ कोई टीम के साथ आप नहीं खेल सकते हो क्योंकि आप चलो ही खेलना होगा रेंडम प्ले करना होगा क्योंकि आपके पास कोई बंदा ही नहीं है ना ना खेलेगा क्योंकि आपके कलेक्शन भी नहीं है उनके साथ साथ कोई भी गान इसकी नहीं है ऐसा ही होगा हम बताएँगे इस सॉल्यूशन क्या है